भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा ने पीएम मोदी की बात मानते हुए पठान फिल्म पर कहा कि हम सकारात्मक राजनीति करने पर भरोसा रखते हैं फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड बना हुआ है हम अपनी पार्टी और संगठन के लिए जिम्मेदार हैं ना कि फिल्मों के लिए पीएम मोदी की नसीहत के बाद भाजपा के नेता अब फिल्मों आरोप बयान देने ऐसी बच रहे हैं दो मंत्री विश्वास सारंग और नरोत्तम मिश्रा ने कई फिल्मों को लेकर टिप्पणियाँ की थी जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की इस पर तलखी सामने आई थी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी शर्मा ऐसी पठान फिल्म को लेकर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा से सकारात्मक राजनीति करने में विश्वास रखती है जिनके पास जो काम है वो उस काम को करें फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है वो उसका काम काम कर लेगा, मेरा काम संगठन को लोगों से जोड़ना और आगे बढ़ाना है देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि हम सकारात्मक राजनीति करें और सकारात्मक राजनीति करने के साथ अपना काम करें जिनके पास जो काम है सेंसर बोर्ड से लेकर के समाज में सरकारों में सिस्टम बने हुए इन चीजों को देखने के लिए वो अपना काम करेंगे ये केवल सब बातों की जिम्मेदारी हमारी नहीं है मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के संगठन के काम के बारे में चिंता करू कैसे बूथों को मजबूत बनाना है कैसे मान्य प्रधानमंत्री या मान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी दिया उसे नीचे उतारना है